जब से मैं यहाँ आए हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे अच्छे खेल कूद रहे हैं पच्चीस साइड हो रहा है।, हमें अच्छा लग रहा है हम उम्मीद ले के यहाँ पर दो साल के लिए आए है हमें शादी में दो साल बाद में शिफ्ट कराया जाए हाँ यहाँ शाम से पानी लेते हैं सरकतन से अच्छे है बहुत अच्छे है वहाँ से वहाँ पे गंध बहुत था गंध था वहाँ पे और इधर हमारे को सुकून है इतना शकून है हमारे को भगवान का आशीर्वाद हो गया यहाँ पे इधर आ गए अच्छा लिया ऊपर वाले की कृपा इधर आ आगे